madharmas ta नहीं सकते मैं मालूम तुम्हारा नहीं करो शिशुपाल क्या वचन दिया था तुम्हारी माता को तेरे शिशुपाल तूने सबको बताया राधा कौन है Uh, श्री कृष्ण राधेश्वर कृष्ण क्रिश्ट, और कृष्णेश्वरी राधा